तो गौर फरमाइएगा अर्ज़ किया है कि हर कली खिले ज़रूरत नहीं कि हर कली खिले ज़रूरत नहीं और हर एक कांटे को चुभने की ज़रूरत नहीं और हर चाहने वाले को आप चाहो कि हर चाहने वाले को आप चाहो इसलिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं